वृषभ राशि ये आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपके जो इष्ट देव हैं ये शिव जी हैं जी हाँ बिल्कुल सही आप सुने शिव जी हैं विष्णु भगवान नहीं है क्योंकि दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं भगवान विष्णु जब बावन रूप में आए थे तो महाराजा बलि जब दान के लिए जल लेने जा रहे थे शुक्राचार्य जी उस कलश में आ गए थे बैठ गए थे और भगवान विष्णु ने खर से उनकी एक आँख फोड़ दी थी तो भगवान विष्णु में और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में समझिए छत्तीस का आंकड़ा रहता है तो वृषभ राशि के जातक को आपके इष्टदेव शिव जी हैं तो करना क्या रहेगा कि सोमवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन ये तिथि आप चुन लीजिएगा शुक्ल पक्ष रखेंगे तो बेहतर रहेगा तो सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती संख राना है और दक्षिणावर्ती संख को लाल रंग के वस्त्र में बांध कर अपने घर के पूजा घर में ईशान कोड़ में इसको आप लोग जरूर रखिए और उस दक्षिणावर्ती संख में आपको चावल या अक्षत आ मतलब होता है नहीं छत मतलब होता है टूटा हुआ तो वृषभ राशि के जात को अक्षत उस दक्षिणावर्ती संख में भरना है उसमें एक सिक्का रखना है और लाल रंग के वस्त्र से बांध के उसको पूजा घर में रख देना है प्रतिदिन श्री सूप्त का एक पाठ कर लीजिए छः महीने में आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहे हैं वृषभ राशि के जात को यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो मैं ज्योतिष करना छोड़ दूँगा श्री सुक्त पर हमें इतना ज़्यादा भरोसा है तो ये आप लोग प्रयोग करिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार